बड़ी खबर गुजरात के सूरत से है जहां राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में सजा सुनाई गई है सभी चोरों का सरने मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया इस फैसले के सत्ताईस मिनट बाद उसी कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई इसके कुछ देर बाद उन्हें तीस दिन के लिए जमानत भी दे दी गई सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को जब सजा दी गई तो राहुल गांधी थोड़ा नर्वस नजर आए उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी इस मामले में उन पर पिछले चार साल से मानहानि का मामला चल रहा था इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था राहुल को आई की धारा पांच के तहत दोषी करार दिया गया है इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है इसलिए हम किसी प्रकार की दया की जाशनान नहीं करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है चाहे वह ललित मोदी हो नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे आखिरी बार अक्टूबर दो की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था ये केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था पुर्णेश का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए हैं हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है यार अजय हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे